बिजनेस के अंदर कहते हैं पहले बंदा खड़ा करो बाद में धंधा खड़ा करो पहले धंधा खड़ा नहीं करते पहले बंदा खड़ा करते हैं हा? आपकी मैन पावर कितनी बार बताया आपको बना देती है सुपर पावर अब मेरे प्रश्न है आपसे भैया पीपल आर एसेट्स यस नो पीपल आर एसेट्स आंसर दो यस और नो यस नो पीपल आर नॉट एसे ओनली राइट पीपल आर एसेट हाँ, हर आदमी आदमी आपका एसेट नहीं होता, गलत आपकी लायबिलिटी बन जाता है। विवेक रहा हूं। CEO, बड़ा भी है, है प्रोडक्ट भी है लेकिन अगर मैन पावर ठीक नहीं है ठीक तो है तो गेम चेंजर ये वही इंप्लाइज होते हैं जो कोलैबोरेटिव से पूरा गेम चेंज कर देते हैं है, तो है रिचर्ड है, है ब्रांसन आप है। एक ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट और पावरफुल इन्वेस्टर चार सौ से ज्यादा कंपनी उनकी बकिंगम पैलेस जैसे हमारे यहाँ पद्मश्री पद्म, पद्म भूषण होता है पद्म विभूषण भारत रत्न होता है ऐसे ही वहां नाइटहुड रिचर्ड ब्रांसन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से लेकिन कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए अपनी पूरी नहीं कर पाए इनकी फिलोसफी क्या है ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनकी फिलॉसफी क्या है एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस टू फर्स्ट एम्प्लॉयज सेकेंड क्लाइंट पहले एम्प्लॉय की एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस उसके बाद क्लाइंट की एक्सट्रॉर्डनरी सर्विस उनकी वर्जन एयरलाइन हवाई जहाज उन्होंने बहुत उड़ाए हैं वो बहुत सफल इसीलिए हुए क्योंकि वो उनके नेचर का एक्सटेंशन था एक बात रिचर्ड ब्रांसन के बारे में बोली जाती है कि भाई रिचर्ड ब्रांसन अपने एम्प्लॉइज को लेकर के बहुत एम्पेथी रखते हैं ये मानी जाती है उनके बारे में बात कही जाती है कि अपने एम्प्लॉयज को लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और जो प्रेम उन्होंने एम्प्लॉयज को दिया वही हवाई जहाज में उनके क्रू ने प्रेम पैसेंजर्स को दिया है जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए किया वही उनके एम्प्लॉयज उनके कस्टमर के लिए किया इसकी प्रॉब्लम क्या थी डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे बचपन में पढ़ लिख नहीं पाते थे वही दिक्कत थी लेकिन ये इनके फेवर में चला गया क्योंकि ये दो क्वालिटी बिल्ड, बिल्ड कर पाए डिस्लेक्सिया के चलते पहली डेलीगेटर बने दूसरी लिस्नर बने डेलीगेटर क्यों बने पढ़ने लिखने में दिक्कत थी तो खुद पढ़ते लिखते नहीं थे खुद काम नहीं करते दूसरों से कराते थे उसके चक्कर में डेलीगेटर अच्छे बन गए लोगों से काम कराए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई दूसरी ये अच्छे लिस्नर थे क्यों अच्छे लिस्नर थे क्योंकि अच्छे रीडर नहीं थे पढ़ नहीं पाते थे कहते तुम समझा दो मुझको उस चक्कर में ध्यान से सुनते थे अच्छे लिस्नर बने तो एंप्लॉयज बड़े खुश होगा अरे बॉस हमारी सुनता है अरे बॉस हमारी सुनता है इस चक्कर में ये दोनों क्वालिटी के चक्कर में के दूसरों से काम कराना और उनको बहुत ध्यान से सुनना उस चक्कर में उन्होंने तो अच्छी टीम भी बिल्ड कर दी और वहीं से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई इनकी एक सबसे फेमस फिलोस जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं कहते हैं अपनी एंप्लॉयज को इतनी ट्रेनिंग दे दो इतनी ट्रेनिंग दे दो अपने एंप्लॉयज को इतनी ट्रेनिंग दे दो कि वो दो गुना तनखा पे उन्हें कोई भी हायर करके ले जाए। अच्छा इंडिया में ये बात बोलो तो सन्नाटा छा जाता है। इतनी ट्रेनिंग दे दो एम्प्लॉय को कि पे दूसरा आदमी करके ले जाए लेकिन उसके बाद उनको इतना प्रेम दो, दो इतना प्रेम कि पांच गुना तनखा पे भी कभी छोड़ के ना जाए यह मेन मुद्दा ट्रेनिंग तो खूब दे दो कि डबल सैलरी पे भी चला जाए डबल सैलरी इसको तो तुरंत मिल जाए कोई भी आए डबल सैलरी पर उसको उठा के ले जाए लेकिन प्रेम इतना दे दो कि पांच गुना सैलरी भी दे तो छोड़ के ना जाए आ, ये थी इनकी फिलोसफी रिचर्ड ब्रांसन के बारे में माना जाता है कि उनकी जो असली स्ट्रेंथ है ना वो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी उनकी असली स्ट्रेंथ उनकी टीम थी put, ही नावत उनके उनकी उनकी उनकी तरह तरह सोचते थे थे अपने की और तब को को अपना इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस अपनी बना लेते इतना रिस्पेक्ट बैठने वाले आदमी नहीं है घूम घूम के ऑफिस चलाना रिचर्ड ब्रांसन रिचर्ड ब्रांसन पूरी दुनिया जानती है रिचर्ड ब्रांसन समझ तो लोग कौन है रिचर्ड ब्रांसन केबिन में बैठने वाले अरबपति नहीं थे ये कंपनी में घूम घूम के से मिल, मिल के, और साथ में डायरी पेन हाथ में रखने के मामले में बड़े कोई एक्शन कोई लेते, तो लेते थे तो अपने उनके साथ में उनको ऑब्जर्व करना और इससे फायदा क्या हुआ एम्प्लॉइज को यह लगा कि पार्ट है यह नहीं कि दूर से हमको देख रहे हो का हिस्सा बन गए हैं वो फीलिंग ने एम्प्लॉय को बहुत ओनरशिप का फीलिंग दिया अगली लर्निंग में तो रिचर्ड ब्रांसन किसी के बारे में बुरा बोले जब भी किसी के बारे में बुरा भला कुछ कहे तो मां क्या कहे शीशे के सामने खड़े होकर कहो अपने चेहरे को देखो अब जाके बोले तो उनके चेहरा नेगेटिव दिखता था और नेगेटिव चेहरा इनको 10 मिनट जब देखते थे अपने आप को तो उनको लगता था कि यार जो मेरे चेहरे पे नेगेटिव दिख रहा है वही शीशे में सामने आ रहा है वहां से इनको बात समझ में आई कि मेरा अगर नेगेटिव इमोशन चेहरे पे होगा तो सामने वाले के अंदर नेगेटिविटी निकाल के ले आएगा और मेरे चेहरे पर पॉजिटिव इमोशन होगा तो सामने वाले की पॉजिटिविटी निकाल के ले आएगा ये बड़ी लर्निंग इनकी इनको बोले जीवन भर मेरे को बहुत काम आई रिचर्ड भाई का कहना था कि जिंदगी भर ही लर्निंग मुझे बहुत काम आई कि जो मेरे चेहरे पे इमोशन होगा वो सामने वाले की जिंदगी में निकल के आ जाता है मैं अगर चेहरे से पॉजिटिव हूं तो मेरा एम्प्लॉय भी अंदर से पॉजिटिव उठ के आता था और मैं अगर चेहरे से नेगेटिव हूं तो एंप्लॉय भी ने... ये इनकी माँ ने इनको प्रैक्टिस कराया बचपन में शीशे के सामने गुस्सा करो खड़े होकर के पता चलेगा तुम दिखते कैसे हो यह अपने आप को देख के घबरा कर वहां से इनको बात समझ में आई ये माँ का लीडरशिप लेसन जिंदगी पर इनको बहुत काम आया ये बोलते हैं जिंदगी भर तो है। है। है है? अंग्रेजों के उनको बोलते हैं कि जी साफ सफाई करने वाला जेनेटर से लेकर डायरेक्टर तक ऐसा आदमी हार करो जो सबके नाम याद रखने की क्षमता रखता हो जेनरेटर से भी वैसे ही बात करता हो जैसे डायरेक्टर से बात करता हो जैसे डायरेक्टर को इज्जत से बात करे, वैसे ही पानी पिलाने वाले से भी इज्जत से बात करे, उनसे प्यार से उनका नाम ले उनसे बात करें उनको खड़ा हो उनको पहचान सके जो उनको सुन सके उनको समझ सके इनका कहना था हवाई जहाज क्या होता है हवाई जहाज तो एक बैठने वाली बस जैसे उड़ने जैसी बस है बस एक बस है जो उड़ रही है वही तो होता है हवाई जहाज लेकिन असली बात हवाई जहाज में वो उड़ने वाली बस नहीं है असली बात है कि अंदर आप बिहेव कैसा कर रहे हो पैसेंजर के साथ वो निर्धारित करेगा कि अगली बार कस्टमर हमारी कंपनी के हवाई जहाज में उड़ेगा कि कॉम्पोटिटर की कंपनी के हवाई जहाज में उड़ेगा ये बात हाँ इट इज अ पीपल हु मेक योर जर्नी प्लेजरेबल और सैड और वही हैप्पी कस्टमर से हैप्पी एम्प्लॉयज से क्षमा हैप्पी कंपनी बनती है और डिप्रेस्ड uh, एम्प्लॉय से डिप्रेस्ड कंपनी बन जाती है यानी कि सैड एम्प्लॉय से सैड कंपनी बनती है और अगर ये कहते हैं कि अगर कैसी किसी ऐसे आदमी को ले आओ जिसके चेहरे पर हर समय negativity रहेगी तो वो पूरी कंपनी को negative बना बैठेगा Richard Branson अपनी कंपनी के CEO को hire करने से पहले ये चीज बड़ा notice करते थे कि janitor से डायरेक्टर ये सब पे कैसे ध्यान देता है सबसे कैसे बात करता है इसीलिए इनकी फिलोसफी कि क्या है सबसे पहले मेरा एम्प्लॉय उसके बाद नंबर 2 है मेरा कस्टमर उसके बाद नंबर 3 है मेरा इन्वेस्टर क्योंकि धंधे में दिक्कत आएगी सबसे पहले तो इन्वेस्टर भाग जाता है हा? उसके बाद कस्टमर फिर एम्प्लॉय तो कहते कस्टमर और एम्प्लॉय को पहले साथ में रखो और कस्टमर कब रहेगा जब एम्प्लॉय साथ होगा बड़ा अच्छा सीक्वेंस इन्होंने बनाया हु? इसकी इनकी एक और फिलॉसफी बड़ी सुंदर के वर्कप्लेस को ना वर्कप्लेस को वर्क पैलेस बना दो वर्क पैलेस बना दो ऐसा बना दो कि भाई महल बन जाए वो काम का सो so, इसीलिए इनका मानना है पर्सनालिटी बिफोर सीवी पर्सनालिटी पर्सनालिटी अच्छी होगी हा? उसके बाद सीवी को देखेंगे आदमी खुश रहना चाहिए क्योंकि इनका मानना है कि 80 परसेंट समय तो आप ऑफिस में बताते हो घर पे रह करके आपको फन करना मजा करना अच्छा लगता है तो फिर वही ऑफिस में क्यों नहीं किया जा सकता अगर वो घर किया जा सकता है घर पे, तो वो ऑफिस पे भी किया जाना चाहिए तो ऑफिस में कुछ ऐसा करो कि हर समय एनर्जी बनी रहे एक्साइटमेंट बनी रहे हा? तो सो दैट पीपल हु आर ईगर टू हैव फन एट वर्क प्लेस वो सब लोगों को हमेशा इन्फ्यूज रखते हैं हाई एनर्जी रखते हैं और ये यही स्ट्रेंथ है इनकी इसलिए हायरिंग करते वक्त भी इनके बड़े अच्छे टिप्स हैं चलिए इनकी हायरिंग के टिप को समझो पहले पहला मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है दूसरा मेरी टीम की ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है तीसरा ऐसे लोग हायर कर लो जो हमारी ताकत को आ, की जरूरत नहीं है जो हमारी कमजोरी है उसको आगे पूरा कर जाए खत्म सिंपल बैलेंस आउट द वीकनेस पहला मेरी ताकत कमजोरी क्या है अब ये मेरी कमजोरी है उसके लिए मैं दूसरा मेरे टीम मेंबर की ताकत कमजोरी क्या है क्या ये मेरी कमजोरी को फुलफिल कर सकता है अपनी ताकत से बस इसको बैलेंस आउट कर दो सिंपल सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज नॉट इन डूइंग योर वर्क बट बाय रिक्नाइजिंग अ राइट पर्सन हु कैन डू ऑन योर बिहाफ ऐसे आदमी को ढूंढो जो आपके लिए काम कर सकता है हायर पीपल बेटर देन यू लुक फॉर पीपल हु फॉर रिमार्केबल वर्क जो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करना चाहते हैं इच्छा रखते हैं जिनके नेचर में प्रकृति में बहुत जबरदस्त काम करना जिनको एवरेज के साथ एलर्जी हो गई है हमें बीमारी है बड़ा बिजनेस कंपनी में हाँ एवरेज क्या है एलर्जी टू एवरेज हमारे को बड़ी बीमारी है हमारे को एकदम एलर्जी हो चुकी है एवरेज से एवरेज काम नहीं करना है करना ज़्यादा थोड़ा समझ समय कोई बात नहीं काम करेंगे एक्स्ट्राडनरी मैं पाँच पॉइंट का फॉर्मूला मेरा वाला देता हूँ मैं क्या फार्मूला यूज़ करता हूँ आज मेरे ख्याल है ट्रेनिंग कंपनीज़ के अंदर न केवल एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा टीम्स आए जितने सारे ऑफिस इस लेवल का रेवेन्यू लीड करने वाली बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी शायद पूरी दुनिया में हम अकेले ही हैं और मैं कैसे कर पाया मेरी सफलता के राज क्या है मेरे पांच स्टेप जो मैंने शुरू से आज तक फॉलो किए पहला स्टेप क्या है मैं हमेशा सही लोगों को हायर करता हूं टॉप क्लास लोगों को हायर करता हूं हूँ स्टेप वन हा? उसके बाद सेकंड ए कैटेगरी आदमी बी कैटेगरी नहीं चाहिए सी कैटेगरी नहीं चाहिए लीडरशिप ए कैटेगरी टॉप क्लास आदमी सेकंड स्टेप अब वो लीडर आ गया वो ए कैटेगरी है सॉलिड है बुद्धिमान है अब उसके साथ बैठ करके को क्रिएट करेंगे बताओ भैया कहाँ पे जाना है क्या स्टेप्स लेंगे कैसे वहां पहुंचेंगे उनके साथ मिलकर ज्वाइंटली को क्रिएट कर लिया डायरेक्शन क्या हो हमारी कंपनी इस डायरेक्शन में चलेगी ये रेवेन्यू करेगी ये प्रोडक्ट बनाएगी ये कस्टमर को ऐसे अक्वायर करेगी ये कस्टमर को एक्वायर करने का तरीका है ये मार्जिनस होंगे ये कॉस्टिंग होंगी इस तरीके से चलेंगे वो भी कहता है हाँ सर इस तरीके से चलेंगे वो दो अपने आइडिया देता है मैं दो अपने आइडिया देता हूँ दोनों भाई मिल करके हम आइडिया बना लेते हैं तो हमारे लीडर के साथ में ज्वाइंटली कोक्रिएट कर लिया तीसरी तीसरा स्टेप अब उसके बाद में डायरेक्शन मेरे साथ बनाओ डिसीशन अपने आप लो सुनो मेरी बात डायरेक्शन मेरे साथ बनाओ लॉन्ग टर्म क्या करेंगे डिसीशन डे टू डे के तुम अपने आप खुद लो जो कि तुम एक कैटेगरी के आदमी हो और फिर चौथा अब मैं उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ टू तो स्प्रेड दियर विंग्स के खुल के खेल कैसे खेलो खुल के खेलो गलती भी करो मैं उसको झेल लूँगा पर खुल के खेलो खुल के खेलोगे तो तुम सौ की जगह डेढ़ सौ कर जाओगे गलती करोगे तो मैं झेल लूँगा खुल के खेलो अब ओके एक कैटेगरी आदमी हूँ खुल के खेलने दोगे ए प्लस बन जाएगा सी कैटेगरी आदमी को खुल के मत खेलने देना ए कैटेगरी वाले को खुल के खेलने दो गेम चेंज करेगा और इसके बाद मेरा पांचवा स्टेप क्या है ये काम करने के पीछे मैं कॉम्पनसेशन लगा देता हूँ बहुत अच्छी सैलरी भी अच्छी ई e भी अच्छा इंसेंटिव भी अच्छे बढ़िया सैलरी दो बढ़िया शेयर होल्डिंग दो बढ़िया इंसेंटिव दो अब देखो उसके बाद अब मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना है मैं वहाँ से फ्री हो गया और अब मैं नए प्रोजेक्ट में घुसता हूँ और जहाँ से मैं नया रेवन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता हूँ तो ये थी माई फाइव पॉइंट फॉर्मूला ऑफ डेलीगेशन वेन यू डेलीगेट टास्क यू विल Create create follower, but when you you delegate authority, you will create leaders. Uh, तो task responsibility ट फॉलोवर बट वन यू डेलीट कर दोगेगेशन जो है ना चीज है कि आप मेरे बिहार देता हूं लेकिन रूल दे दू भैया Rule क्या डेलीगेशन का अगर कोई आदमी सत्तर अस्सी परसेंट तक भी ठीक कर दे आपके मुकाबले सत्तर अस्सी परसेंट भी कर दे तो डेलीगेट कर दो अब तुम बत करना उसी को कर ले दो ये रूल है आ? वरना लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ तो इसीलिए चूज द राइट पर्सन टू तो डेलीगेट उसे अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर दो कि भैया करना क्या है तो यही है समझने वाली बात कि बड़ा बिजनेस में भी एम्प्लॉज आर अवर फर्स्ट एसेट हम पीपल्स फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा मानना है कि ऑलवेज ट्रीट योर एम्प्लॉय एज इफ यू वॉन्ट टू ट्रीट यूर बेस्ट कस्टमर बेस्ट कस्टमर से आप कितना प्रेम से बात करते हैं एम्प्लॉय से भी वैसे करिए वही बात है जी वर्क प्लेस को वर्क पैलेस बना दीजिए वर्क लाइक प्रोफेशनल लेकिन रिश्ता लाइक फैमिली है जी काम करो प्रोफेशनल की तरह रिश्ता बनाओ परिवार की तरह तभी बात बनती है ट्रांसपेरेंट ओपन और रिवॉर्डिंग कल्चर होना चाहिए इसीलिए हमारी कंपनी में हमने मेरिटोक्रेसी को सबसे ऊपर रखा है मेरिट पर आगे बढ़ेगा भाई ये नहीं कि चाचे का लड़का कि मामे का लड़का है से आ रहा है भैया हमारे गाँव से आया है वो नहीं चलेगा अचीवर्स uh, अवार्ड हमने लॉन्च किया विद स्माइल ऑन फेस मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि भाई अगर तुम्हारे में दम है ना और तुम कुछ कर सकते हो तो बड़ा बिजनेस छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में हमारे uh, यहाँ पे अचीवर्स अवार्ड जो है हर क्वार्टर में दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को और कैसे दिया जाता है उनका डेटा पे दिया जाता है yeah? कोई ये नहीं कि लड़का ठीक लग रहा है uh. ईमानदार लग रहा है शक्ल से वैसा नहीं सबको डेटा ड्रिवेन होता है जिससे लोग बड़े मोटिवेटेड रहते हैं एक्नॉलेज्ड फील करते हैं दे फील वैल्यूड और बड़ा अच्छा काम करते हैं बड़ा बिजनेस में हम बहुत हायरिंग कर रहे हैं मैं आपको हायरिंग से पहले ज़रा बता देता हूँ अगर आपकी इच्छा है कि आप हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं दो तीन बातें ध्यान से सुनिए कि एक, एक एम्प्लॉय को हम फॉलोअर से कॉन्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रीब्यूटर से टीम लीडर और टीम क्रिएटर तक लेके जाते हैं और कैसे वो टॉप लेवल तक जाता है हमारे यहाँ बहुत सारे एंप्लॉज ऐसे हैं जो कई सालों से हमारे साथ हैं कभी छोड़ के नहीं जाते हैं तो एक केपीआई ड्रिवन कंपनी बना दी है उसको पहले से ही पता रहता है कि मैं क्या करूंगा मुझे अवार्ड कैसे मिलेगा मेरी ग्रोथ कैसी होगी बड़ी क्लैरिटी रहती है उसको पाँच में से रेटिंग दिया जाता है हर क्वार्टर के अंदर उसको वो खुद अपने आप को भी रेटिंग देता है उसका बॉस भी उसको भी रेटिंग देता है सब्जेक्टिविटी नहीं है कम्प्लीटली डेटा ड्राइवर है कोई पर्सनल बायस हो नहीं सकता ट्रांसपेरेंसी और विश्वास के चलते चलता है हमने भी बड़ा प्रयास किया कि एम्प्लॉइज़ की हेल्थ पर भी ध्यान दे वा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने कंपनी के अंदर बड़ा जिम भी क्रिएट किया है बहुत सुंदर जिम है कभी आप आएँगे आप हमारी ऑफिस में इंटरव्यू देने तो आप जा करके जिम देखिएगा कैसा है स्पोर्ट्स डे बनाते हैं फैमिली डे मनाते हैं एम्प्लॉज की इंश्योरेंस करते हैं उनको वैक्सीनेट करा के रखते हैं सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और जब कोविड की वेव आई थी तो लोगों ने तनख्वाएँ काटी लोगों को नौकरी से निकाला हमने लोगों की तनख्वाएँ बढ़ाई उनको इंसेंटिव दिया वेरिएबल दिया एक दिन आज तक तनखा डिले नहीं करी अगर तीस तारीख का महीना तो तीस तारीख की दोपहर को तनखा आ जाती है यानी कि एक तारीख तक भी वेट कराएंगे ये हमारी कंपनी में एक रूल है अगर अट्ठाईस फरवरी का महीना तो अठाईस तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी और हाँ अगर अट्ठाईस को सन्डे है और फोर्थ सैटरडे है उसके पहले तो फिर फ्राइडे को यानी कि छब्बीस को ही तनखा मिल जाएगी तनखा हमारे यहाँ कभी डिले नहीं होती है बिल्कुल फिक्स और फिक्स सैलरी तुरंत मिलती है हमने शुरू से कल्चर ऐसा बनाया कि जितना बड़ा बिजनेस ने जिससे कोविड के टाइम पे अपने हमारे एम्प्लॉज ने और हार्ड वर्क किया कंपनी को थोड़ा कमा के दिया हमने एक हॉस्पिटल भी बनाया था बड़ा अच्छा लगा उन दिनों पूरे हमारे एम्प्लॉयज ने मिलजुल काम किया आप अगर हमारी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी कॉन्टेंट सेल्स लीडरशिप मैनेजीरियल कई सारे रोल हैं आप अपना रिज्यूमर भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर अगर आप टेक्नोलॉजी से पीएचपी प्रोडक्ट एनालिस्ट डेटा साइंटिस डेटा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मैनेजर एप्लीकेशन डेवलप करना जानते हैं आप एप पी, डेवलप करना जानते हैं एंड्रॉइड आईओ डेवॉप्स के हैं या फिर आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं आप कंटेंट के बारे में समझते हैं कंटेंट की हमारे पास में पंद्रह बीस अलग, अलग अलग प्रकार की पोजिशंस हैं आप वीडियो बनाना जानते हैं एडिटर हैं एनिमेटर हैं आप कॉपीराइटर हैं सेल्स के ट्रेनर हैं सेल्स करना जानते हैं कॉल सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं गेस्ट कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं करियर्स एट बड़ा बिजनेस डॉट कॉम आइए हमारे यहाँ जा करके ज्वाइन करिए और रिचर्ड ब्रांसन की अमेजिंग स्टोरी लोग आप अगर एम्प्लॉई हैं तो अपने बॉस को भेज दीजिए उसको भी दिखाइए वीडियो हो सकता है वो बड़ा इंस्पायर्ड करें अगर आप अगर अगर आपके पापा फैक्ट्री चलाते हैं बिजनेस चलाते हैं उनको भेजिए है। नहीं तो अपने कुछ दोस्तों अपने सर्कल में भेजिए क्योंकि लोग छोड़, छोड़ के चले जाते हैं बड़ा परेशानी होती है छोटे बिजनेस के अंदर यह आइडियाज होता है लोगों को काम आए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर चर्चा करने के लिए नई है तो सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा वर्ल्ड नंबर वन ऑनपुन यूट्यूब चैनल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद